हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अंश जी में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं आप अपने आ जाएंगे क्रोमराइजर क्रोमराइजर को ओपन करेंगे ओपन करके सारे फर्च बार में टाइप करेंगे हम यहाँ पर आधार कार्ड आधार कार्ड कर टाइप करेंगे आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर यू आई डी आई इस वेबसाइट को करेंगे आप नीचे इस करते हुए आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे आप आधा सर्विस पर आधा सर्विस के नीचे लिखा है वेरीफाई ज नंबर इसको क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे अपने दूसरे पेज पर यहाँ पर यहाँ पर ऊपर लिखा है यहाँ पर आधा एंटर आधार नंबर यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे जो भी आपका आधार नंबर होगा से हम वैसा ही फिल करेंगे जैसा लिखा होगा आपके आधार नंबर में एक भी अच्छे गलत नहीं होना चाहिए हमारा गलत हो गया इसको सही करेंगे हम इसको सही करके नीचे इस्क्र करेंगे यहाँ पर आप अपना कैप डालेंगे जो भी आपका कैप्चा है से फिल करेंगे जैसा लिखा है कैप्चा फिल करके नीचे इस्क्र करेंगे यहाँ पर प्रोसेट पर क्लिक करेंगे हम आप स्टेज पर आ जाएंगे यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन दिया है पूरी डिटेल दिया है आपकी यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर ऊपर आप यहाँ पर आपकी एज दी होगी जो भी आपकी एज होगी नीचे आपका एजेंडा दिया जाएगा आप मेल हो या फीमेल नीचे आपका स्टेट दी जाएगी यहाँ पर नीचे आपका मोबाइल नंबर दिया होगा जो भी है आपका चलिए तो हम दूसरे पेज पर जनते हैं हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर पी आधार कार्ड मंगवा सकते हैं और नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं चलिए तो वीडियो समाप्त करते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा